कल्याण है रहेगा माल खजाना छोड़ जाना है है तो कर ले से नहीं तो फिर आज आज खाए थे बड़ा इसको भी अखिल में जगाना है अब तो कर ले बल से सत्य का सात नहीं तो फिर पड़ा रहे रहेगा माल खजाना सब जाना है तो सफेद देखा देखा। यहाँ जो भी पहचान केंद्र के तौर पर आप लोगों ने जो बर्दी धारण की है सेवादार भी कहते हैं आप सभी का धर्म कर्म बनता है आने वाले किसी भाई बहन सेवाज में नहीं बोलेंगे केवल प्रेम का ही व्यवहार करेंगे और शतमार्ग देखाएंगे क्या स्थान मिलता है खड़े होने की जगह है तो खड़े होकर श्रवण करो नहीं भागने की जरूरत स्त्री पर सेवादार सभी का धर्म कर्म बचता है क्यों हरी परमात्मा ब्रह्मांड के लिए देता है एक रहे बताओ साहब यहाँ किसी को हिंदू से नहीं नहीं देखा देखा जाता जाता जाता है, है, है, किसी किसी किसी को को ब्राह्मण गरीब नर नारी के रूप में नहीं देखा जाता है तो यह भी यही शास्त्र पुराण धर्मग्रद्धान करते अगर उनका ध्यान नहीं किया जीवन का कल्याण है, आनंद हुआ है हुआ है ग्रहण करना आपका पंत के पास में आकर नारायण के दर्शन और को सबा करने के बाद गुरु नारायण जी के दर्शन और को में कितना है? चिंता न करे जहाँ जगह मिली है केवल केवल आतंक करें और मन को चंद्र के साथ में जोड़ दो धूप भी पसीना आएगा तो देखा का काम होगा गर्मी के देश में गर्मी के देश में रहने वाले लोग चिल्ला रहे, लो रहे हैं है। बहुत गर्मी है उबर रहे हैं मरे जाए लोग सर्दी के देश में गए शर्दी के देश में सर्दी का प्रकोप है समझने का प्रयास करना हम फिर से कहते हैं कहने की हमारी आदत सर्दी के देश में सर्दी का प्रकोप है वहां पहुंच कर हैं जिससे तो का जब तक ये शरीर है पांच सत्तर पतला गर्मी का भी प्रभाव होगा सर्दी का भी प्रभाव होगा बरसात का भी प्रभाव होगा प्रभा हो का भी प्रभाव होगा और ब्रिया का भी प्रभाव होगा कहा जाता है नही तो इनके जिन को इनके मुख शब्दों का उच्चारण हो रहा है अगर इनके हृदय में के लिए प्रेम न होता बाबू तो जी इन शब्दों का उच्चारण करना इनके बड़ी बार तो पापा नंबर अंधविश्वास का एक ही बात विश्वास जो आपके मुख्यमंडल से क्षमता बड़ी बिजल रही है बिल्कुल सत सत पाखंड आडम्बर अंधविश्वास का बोसला बारा ऐसा छलना लगा रहे हैं तक्रा तक्रा निकल के के दूर हो जाए जाए और में रह ये तमाम बैठे कोई ढंग है सभी है जब तो से वो संभाला है साल साल, के हो हो तो गए, तो बोलते चले आ रहे रहे हैं बात बता हो। और जिनकी कार बोली, उन्होंने ही अपना बनाया ये तो कर रहे हैं का अगर करोगे बचन मान के कर्म करोगे तो परमात्मा के हो जाओगे न ना जन्मोगे मरोगे ना करोगे बेहद होगा क्यों इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा के दरबार में केवल मानव धर्म सत्य था है और मानवता भाईचारा एकता मानव मानव को गले लगाना मानव मानव ऐसी पैद करना hmm. भी मानवता को जोड़ना मानवता को इकट्ठा करना और मानवीय गुणों को पैदा करते हुए आत्म ते हुए सत्य मार्ग पर अग्रसारित कर देना यह हर महापुरुष का ये है। राजा रहे न रंग बली रहे नरिया संतरी रहे न मंत्री अधिकारी रहे न कर्मचारी जो आया है तो जाएगा जिसके तन तन का समय आ गया है की होगी राजांग्रह्मांड में कोई बचा नहीं सकता है अगर हिंदुस्तान तो में ब्राह्मण न होते न होते साधु तत्मात्मा न होते तो पाठशाला में हमें कौन बताता कौन जानकारी देता है या <laughs> तो जी फायदा लेते हैं दर्शन किए ब्रह्म मार्ज का दमन किया जहां आना हुआ तब पता चला की जा क्षेत्र धर्म संप्रदाय के नाम पर मार होती है उनका धर्म और सत्य से कोई मतलब नहीं है अगर सत्य की बात होती है तो मानव मंगल मिलन संभावना समाज में नाराज का कार्रह्मी में आर्शन में आई कहीं आपको दिखेगा दिखेगा दल प्रथम का का राजा राज में मेरा भी हुआ राज के के गांव गांव में में की राज्य भाइयों का जमावड़ा था ऐसा जमा हुआ नजर बढ़ते हुए हैं है बस-बस तो तो भी भी आप बोल सकते हैं जानकारी जनपद का जल ये भी तो आपको बढ़ना होगा जनपद दोषा राजस्थान के आयोजन चल रहा है वही से हमारा राजा क्रीड़ा हुआ राजा क्रीड़ा से हाथ तो आप समझ सकते हैं समझना भी चाहिए वितान्त आवश्यक है दोबारा ऐसा दाव नहीं लगेगा समझेगी प्रयास तो कांध के मानव प्रेमेश जाना से हमारी मौजूदगी है परमिशन लेके गए परमिशन अधूरी है और प्रशासन परमिशन के हम कहीं कदम नहीं देते लेते हैं उसका कारण है उसका कारण है कुर वजह है क्यों नहीं? क्यों सवा अठारह साल की आयु में हमको अचानक नौकरी मिल जाती है चौथे माह तैयारी करने के बाद पोस्टिंग होती है पढ़ाई लिखाई भी करते रहे गौरव भी बनते हैं करीब इक्कीस वर्ष लगातार जुडिशियरी न्यायालय में स्पेशल जज करके थी स्पेशल जज इनाकोटे में स्पेशल जज इसी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है प्रमोशन हुआ